हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब आपको भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है SPM CIL की तरफ से सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे बेसिकली तीन पोजिशन के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा पहला जो पोजिशन रहेगा वो जूनियर टेक्नीशियन के लिए पोजिशन के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी सेकेंड जो पोजीशन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा सब स्टेशन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी इवन थर्ड जो पोजीशन आपको देखने को मिलेगा सुपरवाइजरी ट्रेनी पोजीशन के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है ये सारी के सारी के के पोजीशन फ्रेशर कैंडिडेट लिए इसमें किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इवन यहां पे ये यह जो जॉब रहेगा परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आपने आई किया है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया है आप अप्लाई कर सकते हैं वही अगर आपने बी बी कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ मेरे भाई इसी बात वीडियो को लाइक कर देना लाइक का टारगेट रहेगा 700 प्लस का और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का यहाँ पर मैंने आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे है टेलीग्राम का व्हाट्सएप का लिंक का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का जाके ज्वाइन कर लेना वहां पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं आपका कोई डाउट है कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर सकते हैं तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो घंटी वाला एकन उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन क्यों मिल जाएगा जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा तो यहां पर मैं उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो कि मैंने हाईलाइटेड कर रखे ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई इंडियन गवर्नमेंट मिट्ट की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा जो कि एक यूनिट है, तो है डायरेक्टली के बारे में तो पे आपको तीन टाइप की मिलेगी जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती आपको देखने को मिलेगी सब स्टेशन ऑपरेटर की मिलेगी और सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की पोजिशन यहाँ पे रहने वाली है जैसा कि यहाँ पे मैं बात कर इंपॉर्टेंट हाँ डेट आपको क्या देखने को मिलेगा देखिए यहां पर एक का समय उसी बीच आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन डेट रहेगा वो जनवरी के बीच में आपको यहाँ पे चार्टेंशन कर रखा जिसमें बता रखा है भी कर रखा है पे स्किल क्या रहेगा रहे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है जिसके अंदर डिप्लोमा टे, बीबीटेक तीनों आई पे एलिजिबल रहने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे सीरियल दिया गया, आपका पोस्ट क्या, है, स्केल पे आपको क्या देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलेगा जो कि आपका देख सकते हैं ट्वेंटी नवंबर के बीच में आपकाशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए एज लिमिट भी आपका ट्वेंटी नवंबर रहेगा मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ वीडियो को ध्यान पूर्व देखिएगा, देखिए यहां पर मिल जाएंगे ठीक है पे तो अगर कर सकते हैं चाहे से से से किया किया हो हो या फिर से किया हो, किसी से भी अप्लाई कर सकते तीन हाँ साल का और एससी कैटेगरी को यहां पर पांच साल का देखने को मिल जाएगा मैथड ऑफ सिलेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा सीवीटी बेस एग्जाम हो होने वाला है अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में तो जूनियर टेक्नीशियन का वैकेंसी रहेगा मैकेनिक्स की वैकेंसी निकाली सैलरी सेम देखने को मिलेगा यहां पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी यहां पे डिवाइड कर दी है और अगर आपने आई किया किया के अंदर या फिर अगर आपने आई किया है ग्राइंडर के अंदर ट्रेड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं आपका जो एज लिमिट रहेगा अठारह से पच्चीस साल एजेक्शन देखने को मिलेगा सीबीटी बेस एग्जाम के बेस पर यहां पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा जूनियर टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला गया सैलरी आपका सेम रहेगा एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपने आई किया फाउंड्री के अंदर या फिर ब्लैक स्मिथ ट्रेड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे से एनसी होगा अठारह से किया हो पच्चीस आप और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जूनियर टेक्नीशियन का वेकेंसी निकाला गया मैकेनिकल वालों के लिए सैलरी सेम रहेगा इसमें चाहे CVT से किया NCVT से किया किया गया 18 से 25 साल ऑनलाइन एक्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे लैब असिस्टेंट का वेकेंसी देखने को मिलेगा सैलरी आपका सेम रहेगा जिसके अंदर आप देख सकते है अपलाई कर सकते सकते चाहे एनसीबीटी से किया हो, हो, से से किया हो, से 25 साल देखने को पे पे देखने को मिलेगा। Next, देखने को मिलेगा, मिलेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे आपको आपको सिलेक्शन नेक्स्ट आती है ऑपरेटर का, जिसमें सैलरी सेम दो वैकेंसी निकालेगी अगर आपके अगर कैटेगरी है तो में अप्लाई कर सकते हैं वहीं अगर आपने डिप्लोमा किया है भी भी किया, केमिकल के केमिकल अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर केमिकल वालों के लिए वैकेंसी है तो ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं है अठारह से तीस वाले मिलेगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इजी रिलेक्शन देखने को मिलेगा पांच साल का एस सी कैटेगरी को तीन साल का ओबीसी कटेगरी को इजी रिलेक्सेशन देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन फीस रहेगा आपका छह रहेगा जिसमें अगर आप जनल ई या ओबीसी कैटेगरी में आते तो आपको छह पे करने पड़ेंगे इसमें इंक्लूड है जीएसटी और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं एस टी कैटेगरी में आते तो आपको एक पे नहीं करना लेकिन यहाँ पे आपको इंटीमेशन चार्ज रहेगा सौ आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा जिसमें इंक्लूड है जीएसटी अब बात करते हैं यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या देखने को मिलेगा बेसिकली यहां पे आपका एग्जामिनेशन रहेगा जिसके अंदर आपको यहां पे टेक्नीशियन की पोजिशन है और लैब असिस्टेंट की पोजिशन है उसका एग्जाम पैटर्न यहां रखा है जिसमें आप देख सकते हैं यहां पे सीरियल नंबर दे रखा है आपका कौन कौन से यहां पे पार्ट रहेंगे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा मार्क्स क्या रहेगा आपका वर्जन रहेगा बायोलैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा लगभग आपको दो घंटे देखने को मिलने वाला है यहां पर सबसे पहले आपका प्रोफेशनल नॉलेज आएगा जिसमें भी आपने आई किया है उसका नॉलेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको रीजनिंग आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपका प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे और आपका रीजनिंग के 10 आपको दो घंटे का समय आएगा सौ क्वेश्चन आएंगे पच्चीस का यहां पर मार्क्स देखने को मिलेगा ठीक है आप बात कर लेते हैं तो आप आराम से सकते प्रॉब्लम को और आपको यहाँ पे नो no मतलब कि सेक्शनल फिफ्टी परसेंट और एससी की डिग्री को फोर्टी फाइव परसेंट गेन करने पड़ेंगे नेक्स्ट जो आता, आपका आता है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग पैटर्न यहां पर बता दिया गया जैसे कि पे आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा प्रोफेशनल नॉलेज आएगा आपका इंग्लिश आएगा जनरल अवेयरनेस आएगा लॉजिकल रीजनिंग आएगा आपका मैथ्स देखने को मिलेगा इसमें आपका यहाँ पे क्वेश्चन 140 आएंगे और आपका मार्क्स आएंगे 200 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा दो घंटे का समय आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और सेक्शनल कटआउट भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा इतने आपको यहाँ पे मिनिमम कट आपको यहां पर गेन करने पड़ेंगे यहां पर आपको आपको जो यहाँ एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया ठीक है अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपलीकेशन रजिस्ट्रेशन करें तो इस चीज का ख्याल रखें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल वॉलेट से आप आराम से पेमेंट कर पाएंगे जैसा मैं एक चीज का ख्याल रखेगा जब भी आप यहां पर अप्लाई तो फोटोग्राफ का साइज यहां पर सिग्नेचर रहेगा, रहेगा तोलोड तो तो में और कोई भी है, कोई भी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर पूछ सकते हैं या फिर आपको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप लिंक इन पे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे सारा लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं तो मेरे भाई आज के लिए वह इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा उन लोगों तक को जॉब की निर्ड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सके एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक इन फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते ऑलरी बेस्ट जय हिंद